देवा भी देवता भी उसको नमस्कार करते हैं सहाय करते उसको सहयोग करते। मन की की पवित्रता, जीवन में साधना और नैतिकता ये जीवन में अगर आती है तो कोई भी देव हाजिर होते करते, लेकिन जीवन में बस यही भावना बनी रहे कि शिव मस्तु सर्व जगत केवल मेरा नहीं सारे जगत का कल्याण और अंत में जाकर एक ये देवी देवता जो होते हैं अपने को इस रूप में सहाय करते हैं कि मानव की शक्ति के आगे उनकी शक्ति कुछ बढ़कर के होती है और हमें आखिर लक्ष्य तो मोक्ष का ही है वहां जाना है लेकिन वहां पर जाने, जाने के अलग अलग जो रास्ते हैं उन है। सोपान पर और वो सिद्धि के सोपान पर पहुंचने के लिए भविष्य में जाकर यहाँ पर इतने भक्त लोग साधना करने के लिए आते हैं और वो ये देवी देव देवता के साथ अपने संसारिक जो क्षणिक सुख है उनको तो प्राप्त करते हैं साथ ही सुख तो ऐसा चाहिए जो आने के बाद कभी जाए नहीं जिसी को ईर्ष्या लगे ऐसे मोक्ष की सुख को दिलाने वाले और मात्र परमात्मा है तो भविष्य में जाकर यहाँ पर एक परमात्मा के मंदिर का भी निर्माण हो और आगे मैं संदेह वैसे यही कहती हूँ कि आने वाले जितने भी भक्त वर्ग है ये पुण्य पुण्य जो है ये के अंदर तर, कन्वर्ट तर, हो जाए ऐसा हो कि ये पुण्य पुण्य की भी दो प्रकार का होता है अगर वो पुण्य पापानुबंधी का होता है तो कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती है विदेश में जाते हैं ड्रिंक्स करते हैं इधर उधर जाते हैं ये पैसा उधर और पाप का बंद कराता है तो इन साधना के द्वारा ऐसे पुण्यनुबंधी पुण्य का सर्जन करें ऐसे परमात्मा के मंदिर का यहाँ निर्माण हो कि आने वाला साधक उस लक्ष्य को भी प्राप्त करे भविष्य में जाकर कभी भी आप ध्यान रखना डोनेशन तो आप देख पाल बागी पांच हजार जमीन यहाँ पर इनको दी गई है ये तो अब ये मंदिर तो साधक का तो बन चुका है तब आगे कभी भी जाकर आज नहीं तो कल कभी भी जाकर के आप ये लक्ष्य रखना कि यहाँ पर जिन मंदिर का भी निर्माण हो और सभी अपने संकल्प साधना और सिद्धि में आगे बढ़े यही मंगल कामना बहुत बहुत धन्यवाद है इनको और इनका पुण्य था इनकी लागनी थी तो सभी अनुकूलता हो गई और सब कोई आ गई पर सब कुछ अच्छी तरह से सबसे कर दिया वापिस पता नहीं तो लगा की कल क्या हुआ था हाँ ये सब भावना की बदौलत है चलिए अब प्रतीक्षा की बात बड़ी का विधान है, जैसे पात्र विसार बिनीला सों ने कलाणा वसल विसार क निमंत्रण दे दारे जो सामो तो सुगर रूम मा नीच घरा ने ती सामो चित्तंगुरे म तो सुपामो उभोलो इने तरी सुजो को आमतीरा तो बच्चा तू ऐसा मत लेती चिंता मै तो पपाया गो भाई भाव देवियन जीवारण टाण ये सं तू वा ऐसा बत्ती बन्नी बरेणी ने तादे बिजोई भवे भवे पास निमंत्रण दा वो वो भो भोया शोक प्रस्तुत ये यात्रायाबराधा राध ते शांति प्रभाव आरोग्य सिद्धति क्लेशन सहतु भो भोपर्तिरासम समस्ततीन्याय सौदर्वादी समीम भर्ताको जन्मा अभी तत्व इति पूजा है स्वास्थ्य अत्रो सौर घत्ता ओं पुण्यादर्शन श्रीलोकनाथ श्री श्रीलोकृष्ण्युत्क ओं ऋष अजित पद्मी शीतल पार्श्व स्वाहा ओम लक्ष्मी गांधी ओम रोहिणी प्रगति जिसके लिए से मंदिर ओम आचार्य पाध्यूक्ति चातुरु ओं ग्राहश्चंद्र सूर्यान गारकभूट राहु केतु सहित सर्वला सोमयवर ग्राम नगर शरीर सर्वे प्रियता प्रियता पक्षी पुष्टा पुष्टा प्रभर स्वाहा बंधु नित्यम निवासी साधु साधु श्रवक श्राविका सविया ओम तुषिता पापानी श्रीमद शांति वीरा तेलुक्यंगे शांति शांति शांति जगजराधा गोष्टि विहारण विहारण शांति शांति श्री शांतिला शांति पुरा शांति शांति नृत मणिपुषि शिव जिनको वर्ष तप की तपस्या चल रही है इतनी दूर से आकर अनुकूलता प्रतिकूलता में कल को ब्यासा परसू का उपवास था आज भी उपवास है एकदम बारिश आ गई व्यास था भी ढंग से हुआ न हुआ पर खूब उल्लास से पूरे दिन सुबह से शाम तक उन्होंने और आज भी बने उल्लास उमंग के साथ प्रतिष्ठा करवाई बहुत बहुत धन्यवाद सर मंगल मंगल यम सरोकल्लिया ने कार्य रखता है सरोकल्लिया ने ना नमस्ते नमस्ते हेलो गुरुदेव